पहले दोस्तों हम लोग खाना बना चुके हैं और टाइम में खाना खाएंगे उसके बाद चलिए आपको बाहर के नज़ारा दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं छत पे और खाना बना बन गया है उसके बाद स्नान करेंगे उसके बाद खाना खाएंगे तो देख सकते हैं बाहर की नज़ारा आप देख सकते हैं धूप निकल चुकी है और धूप कंट्रोल ना हो पा रहा है बहुत ज़्यादा धूप चुके हैं में आप देख सकते हैं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 क्या?